नमस्कार मित्रों मैं आशीष आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान उन छीर सागर वासी दुख भगवान श्री हरि विष्णु की आपके हृदय में जो सदा आलोकित ज्योति है इसको शीष झुका करके प्रणाम करता हूँ मित्रों आप सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि त्यौहार भारतीय संस्कृति व जीवन परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इन त्यौहारों में सबसे रंग बिरंगा सबसे अनोखा हृदय को प्रफुल्लित व उत्साहित करने वाला तथा मन में का संचार करने वाला यदि कोई त्योहार है तो वो है होली अब आप कल्पना करिए कि कितना सुरम्य व वा सुंदर वातावरण होता है दर्शकों आहा, मतलब कितना मजा आता है फाल्गुन की हल्की ठंडी बयार होती है भगवान सूर्य नारायण अपनी दिव्य रश्मियों के साथ भारत भूमि को एक नई जीवन ऊर्जा एवं नई चेतना प्रदान कर रहे होते हैं साथियों ना सिर्फ इस पर्व का एक प्राकृतिक अपितु साथ ही साथ ज्योतिषीय व धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों व साहित्यों में भी इस त्योहार का बड़ा ही बिशक और बहुत ही ज्यादा मनोहारी वर्णन है आधा मिनट का आपका समय लेंगे कथा कुछ यूँ है दर्शकों की दैत राजश्यपू अपनी शक्ति के आवेश में मतान्ध होकर के अपने ही पुत्र मतलब अपने पुत्र को कौन जो है क्षति पहुंचाएगा लेकिन अपने ही पुत्र भक्तराज प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्निकुंड में भस्म करने का इन्होंने एक विफल प्रयास किया था किंतु धन्य है हमारे भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु उनकी कुछ ऐसी कृपा हुई ऐसी महिमा हुई कि स्वयं होलिका ही उस अग्नि कुंड में भी भूत हो गई दर्शकों देखिए वो कहते हैं कि तीन लोग चौदह भुवन चाहे बैरी हो जाको राखे साइया मार सके ना कोय तो धन्य है ऐसे भगवान विष्णु जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा की हाँ तो मित्रों होली के इस पावन कथा के बाद अब चलते हैं आपके मतलब की चीज जी हाँ तुला राशि के जातकों आपके काम की चीज अर्थात आपकी राशि आपका लग्न आपका नक्षत्र आपका नाम अक्षर इस दिव्यतम अवसर पर तुला राशि के जातकों कौन सा ऐसा एक प्रयोग वो कौन सा ऐसा एक उपाय है जो आपके भाग्य को इस होली में बदल करके रख दे क्योंकि आपने अपने कैरियर के प्रति अपने परिवार के प्रति अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने धन संबंधी संचय के प्रति जो भी गोल सेट किए हैं आप उनको कैसे अचीव करें ये बताना हमारा कर्तव्य है क्योंकि आप इस परिवार के एक सदस्य हैं तो तुला राशि के जातकों आप लोग सतर्क हो जाइए पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और अपनी लेखनी से लिपिबद्ध करिए हमारे बताए हुए उपायों को और ध्यान से सुनिएगा और इसको दूसरों के साथ आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करिएगा तो तुला राशि के जात को होलिका दहन वाले दिन आपको उस समय रात्रि में करना क्या होगा देखिए आप लोग कपूर ले लीजिएगा सात गोमती चक्र ले लीजिएगा थोड़ा सा सफेद तिल रहेगा थोड़ा सा आप मिश्री ले लीजिएगा और करना क्या रहेगा इन सभी सामग्रियों को अपनी मुट्ठी में बंद करिएगा और अपने सर के ऊपर से अपने शरीर से आपको सात बार एंटी क्लाक उतारना रहेगा और होलिका दहन की जो अग्नि रहेगी उसमें आहुति देना है थोड़े समय के लिए आप लोग होलिका दहन के पास जरूर खड़े रहिएगा जो आपके शरीर में निगेटिविटी है नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन वो भी जो है वहाँ पर खत्म हो जाती है तुला राशि के जातकों बिजनेस और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ के लिए नौकरी में अप्रत्याशित लाभ के लिए आपको जिस दिन रंगावली होगी अर्थात जिस दिन होली खेली जाएगी तो होली के दिन मॉर्निंग में करना ये रहेगा कि एक आपको जो है सिल्वर कलर का कोई गुलाल का पैकेट लेना रहेगा देखिए आते हैं सिल्वर कलर के या आप लोग कोशिश कीजिएगा व्हाइट कलर का यदि कोई पैकेट आता है वो ले लीजिएगा या आप चंदन पाउडर का एक पैकेट ले लीजिएगा उसमें अब आपको करना क्या रहेगा एक मोती संख रखना रहेगा दूसरा एक तांबे का सिक्का रखना रहेगा तीसरा दर्शकों एक श्रीयंत्र छोटा सा आता है तांबे पे बना हुआ वो ले लीजिएगा और उस पैकेट में आपको रख देना है उस पैकेट में रखने के उपरांत अब आपको आगे क्या करना है तो उसको आप लोग पिंक कलर के एक किसी वस्त्र पर रख देना है इन सब सामग्रियों को और लाल रंग के कलावा से लाल रंग के मौली से इसको लपेट करके बांध देना है चूंकि दर्शकों देखिये तमाम लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी मोती संघ क्या होता है आप लोग पूजा पाठ पंसारी की दुकान पर जाएंगे आपको मिल जाएगा मोती की उत्पत्ति चूंकि समुद्र मंथन के समय हुई थी और देखिए धन की देवी जो मां लक्ष्मी हैं इनका भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय ही हुआ था तो इस हिसाब से देखा जाए तो मां लक्ष्मी जो हैं मोती मोतीसंख की बहन है और मोती मोतीसंख मां लक्ष्मी के भाई हैं तो जहाँ भाई की कृपा रहेगी वहाँ जो है बहन की कृपा ऑटोमेटिक बन जाती है तो इन सब सामग्रियों को आपको रखना रहेगा और पिंक कलर के वस्त्र में इनको आप लोग लाल मौली से बांध करके अपने तिजोरी में रखिए निश्चित मानिए दर्शकों जहां आपको जो है लाभ होता था आप लोग एक वर्ष में देखेंगे कि अप्रत्याशित अप धन लाभ होने लगा है अचानक से आपका बिजनेस चल जाएगा ये प्रयोग आप करिएगा एक चीज और बताना चाहेंगे तुला के को, चक्र को, होली के दिन सुबह मॉर्निंग में आपको अपनी दुकान में एक व्हाइट कलर श्वेत वस्त्र में बांध करके अपने दुकान पर टांग देना जहां से कस्टमर ग्राहक आपके आते जाते हैं यह प्रयोग भी बहुत अच्छा आप लोग कर लीजिएगा तुला राशि के जातकों यदि लाख प्रयास करने के बाद भी आप लोग रोजगार पाने में असफल होते हैं तो आपको होलिका दहन वाले दिन करना क्या रहेगा रात्रि 11 से 12 बजे के बीच एक दाग रहित आपको पीले रंग का नींबू लेना है उस नींबू को ले लीजिएगा एक चक्कू को ले लीजिएगा और चौराहे पर चले जाइएगा उसको चार बराबर भागों में काट लीजिएगा और अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाक उतार करके चारों दिशाओं में आपको फेंकना है और जब आप वापस अपने घर की ओर आइएगा तो पीछे पलट करके बिल्कुल मत देखिएगा अन्यथा फिर ये प्रयोग आपका विफल हो जाएगा इस उपाय को आप पूर्वक करिए शीघ्र ही तुला राशि के जातकों को रोजगार प्राप्त होगा इसमें तो कोई इफ बट कोई संदेह है ही नहीं है तुला राशि के जातकों होली वाले दिन आखिर में आपको किन रंगों के वस्त्रों का प्रयोग व परधानों का प्रयोग करना है और कौन से रंग होली खेलने के लिए आपके लिए भाग्यशाली होंगे तो साथियों होली के दिन आप व्हाइट कलर का आप ब्लू अर्थात नीले रंग का प्रयोग करके आ, जो है परिधानों का प्रयोग करके होली खेल सकते हैं किन कलर से खेलना है तो पिंक कलर हो गया सिल्वर कलर आपके लिए हो गया ग्रीन कलर आपके लिए हो गया कहीं कहीं पर आप ब्लैक कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं तो ये होली आपके लिए यादगार साबित होगी तो तुला राशि के जातकों तुला राशि के दर्शकों हमारे प्रिय साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अपने आशा व विश्वास को ऐसे ही बनाए रखिए और हमें प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही अभिसिंचित करते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद और दर्शकों इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद दर्शकों जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए व ज्ञानवर्धक विषय के साथ तब तक के लिए होली की अविरल शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं दीजिए इजाजत हैप्पी होली